हेलो फैमिली आज हम लोग खाने वाले हैं मछली और पूड़ी और ये रहा सलाद देखते हैं कौन कितना खा पाता है और कितनी तेज़ी से खा पाता है शुरू करते हैं थ्री टू वन गो

पहले पूरी खत्म करते हैं उसके बाद फिश खत्म करते हैं देखते हैं डिलीशियस

मज़ा आ गया खाकर मस्त

पर अगर मजा आ गया रेसिपी के लिए कॉमेंट जरूर करें

अब हम मेरा पूरी खत्म हो चुका है देखते हैं

मछली को खाने का सही तरीके पूरी मछली खाए काटा सही हो जाएगा hmm. अगर आप लोग पहली बार खा रहे हैं काटा मत खाना है

और ये रहा मेरा लास्ट आप देख सकते हैं मैंने फिर ज़्यादा खाया है और पूरी भी

समाप्त yes. हो गया आप लोग देख सकते हैं I'm winner. आप लोग जरूर देखे वीडियो को और देखकर बताएं कि कैसा लगा आपको वीडियो कमेंट में देखते हैं इनको कितना टाइम लगता है लास्ट इज लाजवाब

मेरा फेवरेट

इज वेरी इंटरेस्टिंग

जल्दी जल्दी एक सौ कीजिए

फाइनली इनका भी समाप्त हो चुका है बताएंगे कैसा लगा वीडियो को लाइक था मस्त था देखिए आप अपना फेवरेट रेस कमेंट में ज़रूर बताएँ हम लोग ट्राई करेंगे ताकि अगली वीडियो उसमें बना सकें थैंक यू ये वीडियो कैसी लगी वो भी कमेंट में ज़रूर बताएँ लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग थैंक यू